नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी माह के राशिफल के इस, इस स्पेशल कार्यक्रम में वैसे तो वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है लेकिन जनवरी का यह माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नई सौगात लेकर के आया है आज हमारी चर्चा का ये विषय रहेगा इस माह को कैसे प्रभावी बनावें इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे साथ ही साथ दर्शकों इस माह के सबसे ज़्यादा अनुकूल दिवस आपके लिए कौन से हैं प्रतिकूल दिवस कौन से हैं इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे आगे बढ़ें दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके शहरों में हमारा आगमन होता है आप लोग आकर के मिल सकते हैं और इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो सबसे पहले इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो इस माह के जो सबसे प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हैं वो हैं तो छः तारीख छः जनवरी सोमवार दिन रहेगा पौत्र पुत्रदा एकादशी व्रत रहेगा दस जनवरी शुक्रवार दिन रहेगा पौष मास की पूर्णिमा रहेगी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रहेगा ग्यारह तारीख को चूंकि चंद्रग्रहण पड़ रहा है सैटरडे दिन रहेगा तो विशेष सावधानी देने की जरूरत है हालांकि ये आंशिक ही है वहीं तेरह तारीख तेरह जनवरी सोमवार दिन रहेगा सकट चौथ रहेगा और पंद्रह जनवरी बुधवार दिन पोंगल भी बोलते हैं मकर संक्रांति भी बोलते हैं सूर्य का धनु मकर राशि में प्रवेश हो रहा है पंद्रह तारीख को सूर्य देव का ट्रांसिट कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है तो दर्शकों देखिए करना क्या रहेगा सबसे पहले आप लोगों को करना ये रहेगा स्नान करने का हम आपको मंत्र बता देते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले संधम कुरुम तो इस मंत्र से आप लोगों को स्नान करना रहेगा बहुत ही मोर पावरफुल ये मंत्र है मंत्रों में बड़ी ताकत होती है बीस जनवरी सोमवार दिन रहेगा सट एकादशी रहेगी चौबीस तारीख शुक्रवार दिन मौनी अमावस्या सेम इसी मंत्र से मौनी अमावस्या के दिन भी आपको स्नान करना रहेगा 29 जनवरी बुधवार दिन रहेगा बसंत का आगमन हो जाएगा माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा सरस्वती जी की भी पूजा इस दिन होती है तो दर्शकों इस माह के प्रमुख पुरातन त्योहार के बाद ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था क्या कहती है इस पर एक दृष्टि डाल लें चूंकि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है ग्रहों के आधार पर नक्षत्रों के आधार पर आधारित है तो आप लोग एक बॉक्स देख रहे होंगे जन्मकुंडली का एक चार्ट देख रहे होंगे मंगल अपने घर में विराजमान हुआ है गुरु शनि केतु सूर्य ये धनु राशि में रहेंगे लेकिन सूर्य यहाँ पर पंद्रह तारीख के बाद से ये मकर राशि में आएंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे शुक्रदेव ये सुख के घर में है कुंभ राशि में है राहु ये अष्टम स्थान मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं तो इन्ही नक्षत्रों के आधार पर इन्हीं जो है ग्रहों के आधार पर हमारा ये राशिफल तैयार हुआ है तो दर्शकों सबसे पहले तो जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल रहेगा ये एक नई ऊर्जा लेकर के आया है और खास करके करियर के मामले में तो चार चांद लगा देगा जनवरी जनवरी में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इनके काम की गति में तेजी आने की जो है आशंका दिखा रही है दूसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको मोटिवेशनल इस्माह मिलेगा कोई ऐसा व्यक्तित्व तो है जो आपके पास आकर के आपकी सोई हुई शक्तियों को जो है जागृत करेगा जैसे हनुमान जी को जब उनकी शक्ति का आभास नहीं था तो जामवंत ने कहा था तो कोई ना कोई जामवंत आपके जो है जीवन में इस्मा आता हुआ दिखाई पड़ रहा इसके अलावा वृश्चिक राशि के जात, जातक जो हैं इस माह किसी नई चीज की खोज में अपने आप को समर्पित करते हुए दिखा रहे हैं परिवार के लिए थोड़ा सा जो है दूरी रहने का समय आप परिवार से थोड़ा दूर रह सकते हैं कटे कटे से रह सकते हैं और इस महीने एक चीज और बता कि आपके जो है जीवन साथी के साथ, अच्छे नहीं रहेंगे। साथ हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन केवल आपको भ्रम की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति जब आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे इस माह तमाम लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी बन रहे हैं एक बात और बताना चाहेंगे कि आपने यदि जिनसे जो है क्या कहते हैं कोई वादा किया था वो आप ज़रूर निभाइएगा अन्यथा आप दोनों लोगों के बीच टकराव की स्थिति हो सकती है आपके सहकर्मी आपसे ईर्षा करते हुए दिखाई पड़ेंगे वो सोचेंगे कि आप कैसे उनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं आपकी टांग खींचने के चक्कर में वो आपकी बुराई आपके उच्च अधिकारियों के सामने पीठ पीछे करने से बाज नहीं आएंगे इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहते हैं कि जो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है कोई चीटिंग हो सकती है आवश्यकता से अधिक भोजन आपके स्वास्थ्य को जो है गिरा सकता है बहुत ही ज़्यादा इसम आप हो सकता है ड्रिंक करें या जो है जो अल्कोहलिक चीज़ें है, चीज़े होती हैं नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें आप जो है ले सकते हैं आपके मन में थोड़ा सा तनाव होगा और किसी के प्रति जो है बोल सकते हैं उसको कि आपके प्रति दया भी बहुत ज़्यादा आएगी इस माह व्यर्थ के बाद विवादों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोर्ट कचहरी का कोई यदि फैसला है वो आपके फेवर में आ सकता है इस माह प्रतिष्ठित व्यक्तियों से वृश्चिक राशि के जातकों का मेल मिलाप बढ़ेगा मान सम्मान इस माह प्राप्त होगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा रोगों से मुक्ति भी होगी संतान होता हुआ इस माह दिखाई पड़ा, किसी नए स्थान पर वृश्चिक राशि के जातक कार्यभार संभालने का सुअवसर प्राप्त होगा इस माह आर्थिक उन्नति लेकर के ये माह आया है तो नए साल की जो शुरुआत रहेगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी कुछ सकारात्मक संदेश लेकर के आई है बुद्ध तथा शुक्र के अनिष्ट फल कारक गोचर में उन्नति के अवसरों में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी लेकिन जो उपाय बताएंगे उसको यदि आप करते हैं तो आपको राहत मिलेगी दांपत्य जीवन में आपके मतभेद हो जाएंगे परिवार जनों से कुछ इस माह जो है पंद्रह तारीख के बाद से और चौबीस के बीच में कुछ असहयोग प्राप्त होगा अपवय होगा धन हानि के प्रति सावधान रहना है अनिष्ट आपके साथ हो सकता है तो ऐसे अनिष्ट से आपको बचना रहेगा आपके ससुराल पक्ष से संबंध भी इस माह कुछ खराब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी वाड़ी पर आपको संयम रखना रहेगा दूसरों के लड़ाई झगड़े में प्लीज आप लोग मत फँसिएगा और किसी को अपशब्द मत कहिएगा देखिए दर्शकों क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो बड़े हैं तो थोड़ा सा आप क्षमा करने का गुड़ भी अपने अंदर लाइए तो दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखिए साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक सितारे चलाने की सलाह दे रहे हैं इसमें पेट से जुड़ी हुई लीवर से जुड़ी हुई किसी बीमारी से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है आपके धन का एक हिस्सा आपके पिता के स्वास्थ्य में और भाइयों के स्वास्थ्य में लग सकता है तो ओवरऑल ये स्थिति थी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी माह की अब इस माह को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करना होगा आप लोगों को सबसे पहले तो गणपति का नित्य पाठ करना होगा दूसरा एक प्रयोग हम ये बता रहे हैं कि शनिवार वाले दिन चूंकि 24 जनवरी के बाद ही आपकी साढ़े साथ उतरेगी तो शनिवार वाले दिन आपको जो है मीठा चावल ये कौ को खिलाना रहेगा और गाय को खिलाना रहेगा और कुत्ते को खिलाना रहेगा इस माह सटरडे के दिन कोशिश कीजिएगा कि किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ ठंडक का चूँकि मौसम भी चल रहा है तो आपको कुछ कंबल इत्यादि का दान या अपना पहना हुआ कोई कपड़ा जो आपकी प्रयोग ना कर रहे हैं वो जरूर दे दें साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही से अभिषेक आप लोग जरूर करें इस माह आ, बुद्ध के किसी मंत्रों का जाप आपको करना रहेगा जिससे जो भी अरिष्ट है वो आपके साथ नहीं होगा इस माह में सबसे ज़्यादा प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं तो प्रतिकूल मतलब होता है जो आपके अनुकूल ना हो तो एक तारीख छः तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख 17 तारीख 21 तारीख 26 तारीख 29 तारीख 31 तारीख ये प्रतिकूल दिवस है कैलेंडर पे मार्क लगा लीजिएगा इनमें आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है शुभ कार्यों को यदि करना है तो 4 तारीख 9 तारीख 15 तारीख 19 तारीख 24 तारीख ये आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे और इनमें आपके अधिकतर कार्य बनेंगे शुभ कलर पर आ जाते हैं तो रेड कलर ऑरेंज कलर आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक पर आते हैं तो एक अंक और आठ अंक वृश्चिक राश के जातकों के लिए सर्वथा शुभ रहेगा तो दर्शकों ये तो था ओवरऑल राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों का जनवरी माह का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आपने जय श्री राम का उद्घोष जरूर किया होगा और हमारे जो वार्षिक राशिफल वृश्चिक राशि का पड़ा हुआ है वो भी देख लिया होगा दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय श्री राम